ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे आप सही जानते होंगे क्या आपको पता है ये रोलेक्स घड़ी सबसे महंगी गाथ था दुनिया में सबसे ज्यादा पैर इजराइल देश में लगाए जाते हैं आइसलैंड एक ऐसा खुशहाल राष्ट्र है जहाँ पर एक भी नहीं है क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान में साथ भी ज्यादा होने आरोप को गोल्ड मेडल दिया जाता है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर आएमाल लक्ष्मी चलिए दुनिया बुलाए जरूर